जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं मगर जी भी नहीं सका ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है अभी तो सफर का इरादा किया है ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए यह मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है संघर्ष की राह देते चलता है वो ही दुनिया को बदलता है, जिसने अंधेरे से जंग जीती है सूरज बनकर वो ही चमकता है कि वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा यू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है अपने पंखों को खोल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 जिसमें उबाल हो ऐसा कू चाहिए यह आसमा भी आएगा समीप में दो चाहिए कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार होकर निराश तू मत बैठ करे यार भरते रहना आगे चाहे जैसा भी हो मौसम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 बाप की दौलत पर क्या घमंड करना? मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और बाप घर इनकार किया जिन्होंने मुझे मेरा समय दे वादा है मैं ऐसा भी समय लाऊंगा एक दिन कि मिलना पड़ेगा उनको मुझसे मेरा समय ले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 दो आसमां को थोड़ा सा और ऊपर हो निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिरकर संभलते रहे